अफसोस मेरा माइक चालू नहीं था ठीक है तो चलो नेम मैंने लिख दिया एफएफ एम मास्टर चलो नाइनटीन फोर देने की जरूरत नहीं है बात करें तो बस एफ मास्टर रख देते हैं और अगेन हमारा आ चुका है एम्टर स्क्रीन चलो डी ओस आ चुका है फिलहाल जैसे आपको दिख रहा होगा ये रहा स्क्रीन ठीक है ये रहा है स्क्रीन आपको दिख रहा होगा तो अभी थोड़ा सा छोटा होगा अभी उसमें बड़ा कर देता हूँ कंट्रोल प्लस देखा तो बड़ा हो जाएगा फुल स्क्रीन हो गया ठीक है जैसे कि तब देख रहे हो कितना मीट हुआ बस जैसे एक ही मीट हुआ यार ठीक है तो जैसे साज मीटर करना था है चलो साज मीटर कर लिए मैंने ठीक है अगेन हम जानने वाले हैं हाँ। कहाँ जाने में देखो ये मेरा ये मेरा ये, मेरा, ये है ठीक है तो हम इसमें जाएँगे क्रूम में जाएंगे ठीक है सीधा क्रूम में जाएंगे आगे क्रूम में आप ये एंड्रॉयड में करना ठीक है एंड्रॉयड भी करना मैं अपलाई इसमें कर रहा हूँ दोस्तों मेरा यही है ठीक है थाँ थाँ तो हम इसमें सर्च के एक मिनट सर्च कर सच्चे में अपना रुको एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक जस्ट दो मिनट को रुक में दो मिनट के लिए बस स्टॉप कर रहा हूँ ठीक है वीडियो दो मिनट के लिए दो मिनट के लिए मात्र दो मिनट के लिए मैं स्टॉट कर रहा हूँ वीडियो मात्र दो मिनट के लिए रुक गया तो मात्र दो मिनट के लिए स्टॉप कर देता हूँ वीडियो अरे नहीं इसे स्क्रीन होता है और ये सच नहीं वीडियो बन कैसे करते हैं समझ में आ गया गई मैं वो वाला काट दूँगा बॉट ठीक है चलो लिख चलो आ चुके हैं फिलहाल ठीक है तो फिर से हम कट करके आ चुके हैं तो इतने हम तो आपको ज़्यादा स्क्रीन मैंने कट कर दिया अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे अपना ये आ चुका है फिलहाल ये नहीं सॉरी क्या था ये याद नहीं बोच रखा खोल लेता हूँ हाँ फ्री फायर एडवांस रहेगा ठीक है रपर, ये लिखना है आपको ठीक है ये लिखना है फ्री फायर एडवांस रहेगा ठीक है ये दिख रहा है ये वाला ये जो दिख रहा है ना ये वाला ये वाला ठीक है ये जो दिख रहा है ये वाला ये वाला दिख रहा है एक मिनट ये बार दिख रहा है ना ऊपर में सच ये लिखना है आपको ठीक है उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा जाए ठीक है ऐसा कुछ ऐसा कुछ पे जाएगा ठीक है ऐसा कुछ पे जाएगा तो मैं माउस को कोट करता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाया तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सेटिंग में जाएंगे माउस को हाइट कर देंगे चलो मैं माउस को शो कर दिया ठीक है जैसे कि आपको दिख रहा है माउस ठीक है जैसे मैंने क्लिक कर ठीक है जैसे जैसे कि आप देख सकते हो मैंने उस पर क्लिक कर दिया ठीक है तो दो में मेरे मोबाइल में ऐसा कर रहा है ठीक है मेरा उस कंप्यूटर है तो अच्छा आता है ठीक है लेकिन हाँ आप पे ऐसा नहीं आएगा ठीक है आपको तो ऐसे ही आएगा बस थोड़ा सा मतलब ये फेसबुक नीचे तो मतलब ऊपर नीचे होगा ठीक है ये फेसबुक ऊपर होगा ये गूगल नहीं चाहगा तो हमें करना है सिम्बल से गूगल करना है बिकॉज आपको सजेस्ट करूँगा गूगल ही करना है कुछ अच्छा लगता है गूगल ठीक है तो आप जल्दी मैं करूँगा और उसके बाद आप कौन है यही आना था बाइस ठीक है वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा चला एडवोकेट एडवोकेट क्या लिखा जो लगता है योर कोड भूलचरो तू जा कोड गाइस मैंने अपना जीमेल देता हूं यार uh, जीमेल दे दिया मैंने ठीक है और अब गाइस यार बात तो कट नहीं सकते अभी गो यार कटने तो इतना ज्यादा हो जाए तो अगेन हम आ चुके तो कुछ ऐसा आ जाएगा ठीक है ये वाला ये वाला कोड आपको कॉपी नहीं करना ठीक है तुम रोल देखा ले यार ये वाला कोड आपको कॉपी करना ठीक है गाइस इसको मैं नहीं बता रहा हूं ठीक है चल ये वाला कोड कॉपी कर गया मैं जहाँ पे पेश करूंगा वही पेस्ट करना ठीक है थीके? चलो चलते हैं देखा मैंने चुपचाप बोला आप आप समझ जाना कि क्या मैं की, कोई देखना की, की बढ़ा है कुछ यहाँ पे खोला जा रहा है हमारे साथ हमको बोला जा रहा है एडवांस खोलो मजमुई में बोला जा रहा है हमको एडवांस सर पर खोले जा रहे हम हमको जबरदस्ती बोला जा रहा है एडवांस सर्वर खोले जाए लेकिन हम नहीं खोलेंगे हमको हाँ नहीं खुलना है तो कुछ ऐसा आ जाएगा ठीक है अभी कितना भी क्या है हाँ फोर एटी एट्टी एम बी का है नहीं सॉरी सॉरी एट्टी फोर फोर एम बी का है ठीक है यानी कि सिंपल से भाषा में कहें तो आठ सौ का है ठीक है चलिए इसको बड़ा कर लिया स्क्रीन मैंने पर रख लिया जैसे आपको दिखे अच्छे से ठीक है मेरे को भी दिखाया चीज़ तो अगेन स्पीड यार जितना स्पीड आता है आपके आपके इंटरनेट की स्पीड पे करता है ये कब तक होगा ठीक है मेरा तो तो तो भाई है है है मेरे को चिंता नहीं बिल्कुल तो चलो बिना से ये बच रहा मैं वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो बना गाइस रुको कितना मिनट हुआ है दो तीन मिनट रुको वीडियो होगा इसमें आपको झगड़ा भी दिखने मिलेगा ठीक है गाली मलिक देखने मिलेगा मैं लूट चलो गाइस गाइस मुझे लग रहा है मैं वीडियो नहीं बना पूंगा बिकॉज ये लोग है तो मेरा ट्रिक ये लोग देख लेंगे ठीक है तो जैसे मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा ठीक है दो मिनट के लिए मैं कट दूँगा वीडियो मतलब आपके लिए तो बस एक बल्कि सेकेंड होगा ठीक है मेरे लिए दो घंटा होगा ठीक है मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को बस कट करना आता है एडिटिंग के चलो गायस चलो गाइस आ चुके फिलहाल मैंने दो मिनट के लिए मिनट के माइक था कुछ ऐसा आ जाए ठीक है यहां एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है ठीक है जैसे मैंने हम बताए शर्मा शर्मा दिखोली चलो ओ गाय ऐसा कुछ ऑपन करना हाँ ये एडवांस एडवांस ऑप्शली ठीक है तो कुछ ऐसा लोग आएगा लेकिन आपको बस कुछ और और सा लगवागे मेरा पी सी में ऐसा लोग रहा है ठीक है मेरा पीसी में इसलिए चलो हेलो इंस्टॉल नाउ एडवांस हाँ लेकिन एक और बात गई स्क्रीन में आपको दिख रही होगी एक नंबर ठीक है उस ये तारीख है ठीक है एट तारीख दिख रही होगी आठ तारीख ठीक है आठ बंगले हिस्से में तो आठ ठीक है इंग्लिश में गए तो एट ठीक है तो एट तारीख को ये एडवान्स और बंद होने वाला है शट डाउन हो जाएगा बिकॉज आप डेट आने वाला है ना तो शट डाउन ऑफ हो जाएगा आप इसलिए ठीक है एट तारीख को चलो बस बैकग्राउंड बैकग्राउंड करना यार। के करना और थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूँ आप लोग बैक कर दे मैंने जैसे देखा वो बैक कर दिया मैंने और हम जाएंगे इधर तो क्योंकि आ चुका है एडवान ठीक है तो इधर में एक, एक चीज़ का करना बाकी रुको दो मिनट मुझे मुझे ये खोलना पड़ रहा है ठीक है आपको छोटा लगा हुआ स्क्रीन रुको दोबारा खोलता हूँ इस स्क्रीन को और दोबारा हम सर्च स्टोरी में जाएंगे और तो नहीं आप क्लिक करेंगे प्लेस में, में। क्लिक कर दिया सर्च स्टोरी आ गए यहाँ पर क्लिक करेंगे आगे हम कॉपी कर ले कापी कर ले चलो हो चुका है और अगेन हम इसको कट बनी कर देंगे सिंपल सी बात है आ चुके हैं हम अब ज़्यादा कुछ काम बाकी नहीं है गैस आप लोगों के लिए बस इतना करना है ये फीवर ओपन कर रहे हैं बस में ओपन कर रहे हैं ठीक है और बाकी ये वीडियो गाइस मैं अगले अगले दो घंटे बाद बनाऊंगा ठीक है तो बस इतना ही था मैंने इतना था कट तो कच कट बट लगा दूंगा ठीक है बाद में मिलता है गाइस अगले अगले पार्ट में मिलते हैं ठीक है बियर बैग गाइस आ चुका है फिर से और ये क्लिप आपको दूसरे क्लिप में मिलेगा ठीक है तो ये एडवान्स सर्वे ठीक है मैंने जब बताया था ना कोड कॉपी करना ठीक है वो कोड कॉपी करके इधर पेस्ट करना ठीक है मैं दिखा तो दिखाता हूँ हमारे घर में बहुत बंदे हैं जो कोड को कॉपी कर सकते हैं ठीक है थीके? चलो गाइस चलो गाइस हम आज करेंगे ये बड़ा कुछ वो गाइस ये हो चुका हमारा एडवांस इसमें हाँ एक और बात गाइस इसमें आपको <laughs> डायमंड और इनबिल्ड 16 लेवल इनफील्ड सोलास गाइस यस 16 लेवल इनवील्ड मिल जाता है, ये ये जाता है <laughs> नाच चुका है गेम जैसे आप अरे सॉरी गाइस मेरे आवाज हेडफोन में सिपे बोल गया था तो हाँ। जैसे आपको आवाज तो बैकग्राउंड आवाज नहीं आएगा ठीक है हो जैसे देख रहे होगा आपको आवाज स्मूथली आवाज इस चलो इसको आपको ये है हमारा माउस करेंगे इसमें तो तो ये है आपको आपको कुछ कुछ का का कोई मैंने को उसमें टेस्ट भी कर बड़ा कर दिया और ले खुबरत है इसको भी तो हाथ लगा में जाएंगे आ, इसको बंद करेंगे डीजली इसको बंद कर देंगे हो गया डिजली बंद आ चुका है और ऐसे ठीक है जैसे देख लिया आप लोगों ने ठीक है वैसा करना है ठीक है कोई कोर्ट को हमने पेश करना है यहाँ पे जो आप कोर्ट आपको मिलेगा वहाँ पर ठीक है वेबसाइट में आ चुके थोड़ा सा डिले होगा ओके ठीक है चलो ये नंबर आपका ठीक है ये तो कितने लोग जैसे है चाहे ठीक है ठीक है और कुछ नहीं हुए आपको खेलना पड़ेगा जैसे हमें खेलना पड़ता है चलो खेलेंगे तो भी साला में। okay. मुझे इन लोगों को शर्म मान चाहिए सॉरी मैं लगा ठीक है लैक कर स्टेल बैक कर कुछ दर ठीक है यहाँ पे एडवांस सर का मजा है जैसे कि आप थोड़ा सा आप अगर कुछ चेक करना भी नहीं जाते ठीक है आप मामूली इंसान हो तो भी एडवांस एडवान्स चला सकते हो बिकॉज ये सबके के लिए अवेलेबल है लेकिन ना वो पब्लिक बला ये, ये आएगा ठीक है पहली बार आ चुका है और अगेन ये थोड़ा सा जो भी हो सामान वामान क्लेम कर लेना आप लोग मेरे को था ना ये मेलबाग ऐसा मेलवाग चेक करना यहाँ पर कुछ आ जाएगा ठीक है ये है न्यू करेक्टर के लिए हमारा आ चुका है पहले न्यू करेक्टर आने यार ये वही है 15000 हज़ार एच यानी कि हमको 16 लेवल पे डाइट पहुंचा देगा ठीक है उससे बात करते दो तो अगर हिसाब करते दो तो ये है हमारा 16 लेवल का चलो गाइस ज़्यादा मिनट का वीडियो बढ़ाया कितना वीडियो सात मिनट हो गया तो आज के लिए बस इतना ही आज जैसे आपको एडवांस सर्वर चलाना सिखा मतलब डाउनलोड करना सिखा दिया, दिया मैंने ठीक है तो यार इसके लिए एक लाइक सब्सक्राइब बनता है यार पीस करते ना यार क्या फ़र्क पड़ता है आप लोग बस एक बटन तो दबाना है वो रेड कलर का बटन क्या फ़र्क पड़ता है जैसे कि आपको ये साइट में आ रही होगी रेड कलर का बटन है उसे दबाना होता है उसके पास में एक घंटी होती है साइज पास में नहीं होता आजकल हमसे चेंज हो गया एकदम चेंज हो गया हाँ सब चेक ना तभी बेलाकना आ जाएगा उसके ऊपर स्लेक्ट कर देना दबा के ऑल पर करते हैं ना यार अच्छा लगता है यार चलो तो मिलते अगले वीडियो में अगले नेटेस्ट संजो की मैं बोलना चाहता हूँ अगले न्यू वीडियो में मिलते हैं यहाँ पे डायमंड के लिए यहाँ पे आपको जाना है डायमंड क्लेम करने के लिए लास्ट में बता रहा हूँ ठीक है यहाँ पे ये एक हज़ार में मिल जाएगा यहाँ पे जाना है फाइव थाउजेंड एक हज़ार नहीं हाँ मिल जाएगा आपको एक चार सौ मिल जाएगा उसके बाद ये तीन सौ मिल जाएगा ये सब आपको क्लेम करना पड़ेगा ठीक है इतना डायमंड मिलेगा ठीक है तो यार दो हज़ार में मिलेगा आपको पहले से थी? ठीक है लॉकडाउन के बाद तो चलो गश मिलते हैं अगले वीडियो में उसके बाद बाई बाय एक मिनट कट करता हूँ उसको बाय गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में ठीक है तो आप आपको फीडबैक डाउन करना है? ये, ये आप डाउनलोड करना पड़ेगा ठीक है एक चीज लास्ट बोल रहा हूँ ये वाला आप टेप ठीक है और ये आप कहाँ मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल में टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जरूर से लॉगिन करना और उस समय अच्छा कॉमेंट नीचे कॉमेंट में पिन होगा ठीक है वो देख लेना ठीक है तो चलो गाइस एंड करते हैं इसके वीडियो को लेस गो बाई